गाइस वेलकम टू माई न्यू ब्लॉक तो गाइस अभी ढाई बज चुके हैं और अभी अभी ब्लॉकिंग करना स्टार्ट किया है और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है और अब आपको सारा मौसम दिखाता हूँ तो गाइस ये देखो अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगी है सूर्य निकल चुका है बाहर और ये रहे हमारे पौधे इतना बड़ा हो चुका है ये और कल के ब्लॉक में इसे सूट किया और ये सामने वाले घर में ये देख लो और ये गांव का नजारा और ये यहाँ पर था बादल या ये रहा यहाँ से सूर्य का प्रकाश निकला है अभी अभी और ये देख लो यहाँ पर बादल बादलों रखे हैं और ये रही आंटी और ये टावर रहा यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है श्याम पांड्या तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है और अब थोड़ी ठंड हुई है वहाँ पर है, और ये चारों ओर का नज़ारा ये हो रखा है तो आप हमारा अगर आगे से देख सकते हैं कुछ ऐसा है आगे से ऐसा दिखाई देता है और ऐसी डिज़ाइन है यहाँ की और ये रहा इतना बड़ा हो गया ये ये इतना बड़ा हो चुका है नीचे से लेकर ऊपर तक और ये देखो इसके तो अनार भी लग चुके हैं ना ये देखो इसके तो अनार भी आ गए और ये जब हम लाए थे तो इतना ही था और अभी भी इतना है और ये भी इतना भी था फिर भी ये इतना बड़ा हो गया और ये इतना ऐसा रह गया और ये यहाँ पर गुलाब का फूल है और यहाँ पर कुछ नींबू का पौधा और यहाँ पर आम का पौधा और ये रहा पपीता और ये नींबू का ही है और ये अमरूद है और ये अनार है यहाँ पर एक अनार का पौधा और इसी के अंदर और ये आम का पेड़ भी उसके जितना ही हो चुका है ये इतना बड़ा हो चुका है और ये घर का गेट है और ये यहाँ पर पिछकाटी ऐसे इतनी है और यहाँ पर भी कुछ भी चुकाटी है और यहाँ पर एक ये एक इसके पास में पेड़ है और यहाँ पर दो पेड़ यहाँ पर भी हैं ये ऐसा ये नींबू नहीं है इसका है ऐसा कहते हैं इसको और यह ये दोनों एक जैसे ही हैं और यह दूसरा है गेट है दोनों एक जैसे हैं और गैस यहाँ पर कुछ बाजरे के पौधे और कुछ आम का पेड़ भी यहाँ पर इतना बड़ा हो चुका है और ये जंटी है इतनी बड़ी गैस ये देखो ये भी इतना बड़ा हो चुका है और गैस ये हमने सबसे पहले लगाया था फिर भी ये छोटा रह गया और इसके पत्ते बल रखे हैं और इसके पास में तुलसी का पौधा है तो गैस अब कुछ देर के लिए होमवर्क कर लेता गाइस अब मैं ब्लॉग को एंड करता हूं और अब थोड़ी ही देर में वीडियो अपलोड कर दूंगा तो थैंक यू फॉर वॉच और नीचे इंस्टाग्राम की लिंक भी हुई है वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना बाय